मध्य प्रदेश में जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिवपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क में चीते छोड़कर जन्मदिन मना रहे हैं वहीं दूसरी ओर यूथ कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को देश भर में बेरोजगारी दिवस के तौर पर मना रही है कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को दो करोड़ रोजगार देने का वादा किया था मगर जब वे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे तो वे अपने वादे को भूल गए यूथ कांग्रेस ने भीख मांगकर पीएम मोदी के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया भोपाल में युवा कांग्रेस के प्रभारी अखिलेश यादव के नेतृत्व में युवाओं ने भीख मांगकर बेरोजगारी दिवस मनाया अखिलेश यादव ने कहा कि युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री महोदय को ये याद दिलाया है की मध्य प्रदेश में लाखों की संख्या में युवा बेरोजगार है लाखों की संख्या में सरकारी पद खाली है ऐसे में जल्द से जल्द इन पदों की भर्तियां शुरू होनी चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो चरणबद्ध रूप से प्रदेश भर में आंदोलन किया जाएगा युवा कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष विवेक त्रिपाठी ने कहा कि देश और प्रदेश में जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है उससे युवा अत्याधिक चिंतित है सरकार हर साल लाखों करोड़ों युवाओं को रोजगार देने के सिर्फ झूठे वादे करती है जमीनी हकीकत में बेरोजगार युवाओं की संख्या बढ़ती जा रही है इतिहास के सबसे असफल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज देश भर में युवा कांग्रेस व आम बेरोजगार युवाओं द्वारा बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया गया चुनाव से पहले जो प्रधानमंत्री वादा किया करते थे कि मैं देश के युवाओं को दो करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष उपलब्ध कराऊंगा आज चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री के पद पर पहुँचने के बाद वो अपना वादा भूल बैठे जिसको याद दिलाने के लिए आज देश भर में युवाओं ने उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में अपना विरोध प्रदर्शित किया और पूरे देशभर में बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया गया